b upon x plus 7 and to find the the value of the constants अपॉन एक्स प्लस सेवन एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दी वी विल अज्यूम एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो नमस्कार नमस्ते सर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके पास ये दोनों के के कोचिंग में जाते हैं मगर अब आपकी क्लास आना चाहते हैं हा? मेरे दोनों शिवर होम आपके यहाँ पहले से ही आ रहे हैं उनकी इंप्रूवमेंट देखकर ये आए हैं अच्छा। हमारे यहाँ कोई भी पढ़ने वाला बच्चा आ सकता है आप जरूर भेजिए बस सर एक रिक्वेस्ट था आप हमारे बच्चों को अलग से पढ़ा दीजिए बहुत लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं आपके पास आप चाहे तो हम जगह भी दे सकते हैं आपको आप जो पेमेंट बोले हम लोग देने को तैयार हैं बस सर इनके साथ बैठने में प्रॉब्लम है ये लोग थोड़ा आप समझ रहे हैं ना नहाता भी नहीं है ये सब हमारे बच्चों का कल्चर खराब हो जाएगा बहुत मुझे आपके विचार से भी आती है बहुत घटिया विचार है आपके मेरे लिए हर बच्चा एक समान है एक क्लास में एक साथ सबको पढ़ाऊंगा मैं जिसको जाना है जा सकता अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपनी क्लास पूरी करूंगा आपके फायदे की बात कर रहे थे हम वहां के कोचिंग में तो दो दो लाख महीने वाले दस टीचर्स दिल्ली से लेकर आए हैं मिथिलेश जी और फीस भी कम कर दिया है कौन भेजेगा आपके यहाँ बच्चों को चलिए जी शिव ओम चलो घर कल से तुम लोग केके में पढ़ोगे चलो चलो चलो अरे चलो सो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी लेटस एस यू Let us assume that x plus four is equal to zero. Therefore, is now, how will we factorise it? Sir, x plus seven is equal to zero. That is, x is equal to minus seven. Now, put this value in f of x. Sir, except at x plus seven, that is in the denominator. Absolutely. Then b is equal to sir two by three. अच्छा बताओ अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नॉट जेड इज इक्वल टू वन जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है सरी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा सर जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और एडियस वन होगा लाखों रुपयों की फीस लेने वाले के.के कोचिंग जैसे कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल पछाड़ कर सिर्फ एक तबेले में शुरू हुआ ये फ्री कोचिंग सेंटर आज एक सुपर तबेला बन चुका है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं भाई बनकर आना होगा ये तबेला कोचिंग Oh लिखा है सरकारी नोटिस है शंभु काका आपने ये जमीन सरकार से किराए पर ली थी क्या हाँ वो यहाँ के कलेक्टर थे रमेश चंद्र उन्होंने बंदोबस्त किया था बीस साल पहले तो अब सरकार इसे वापस लेना चाहती है अरे पर हम तो हर महीने किराया जमा करा देते हैं सारा रसीद है हमारे पास पर... देखिए सात दिन पहले की तारीख है मगर चिपकाया आज है जो की नोटिस का आखिरी दिन है पर पर ऐसे कोई कैसे छीन सकता है हमसे हमारी जमीन सरकार इस तबेले को तोड़कर यहां सरकारी गोदाम बनाना चाहिए मगर हम सब जानते हैं शंभू की इस योजना के बहाने हमारा तबेला स्कूल कौन तोड़ना चाहता है और क्यों लेकिन अब की बार हम होने देंगे बिल्कुल नहीं होने देंगे गुरु जी चाहे कोई गोली को मारता बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ लाठी और गोली खाने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने क्यों जाएं? क्यों प्रभाकर आनंद ने गरीबों और पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई और अपनी जिंदगी बर्बाद की क्यों वो एक तबेले में रहके दिन रात एक करके उन बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तबेला नहीं है वो एक रास्ता है इनको और इनके जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके समाज में अपना सर उठाकर जी दोस्तों आज उस सबेरे को तुम्हारी जरूरत है प्रभाकर सर को तुम्हारी जरूरत है क्या है फैसला तुम्हारा फैसला हो चुका है मैडम यहाँ से कोई नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा जरूर जाएगा को खाली कराने का हम हाँ शांति से बाहर निकल जाए और हमें अपना काम करने दे चलाइए बोलो सर आपके पास लाठियां हैं, बंदूकें हैं बहुत ताकत है आपके पास जाहिर है आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी ताकत क्या है हमारे पास आत्मबल है जो आप बढ़ रहा है कोई ताकत इसे कुचल नहीं सकती ध्यान से देखिए आप सब पहचानिए ये सब बच्चे जो यहां पढ़ने आते हैं वो सब आप जैसों के ही घर से हैं इनकी आंखों में जिस भविष्य का सपना है वो आपके घरों में भी पलता है और जिन शक्तिशाली ठेकेदारों और नेताओं का हुक्म बचाने आप यहां आए हैं वो नहीं चाहते कि ये सपने साकार अब फैसला आप कीजिए आप इस सपने को बचाना चाहेंगे या उसे कुछ देना चाहेंगे क्या हो बना है? सौ करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी बनाए हैं हम बारह सौ खरीद लेंगे हम सब जमीन भी खरीदेंगे वर्दी वाला को भी खरीदेंगे और तुमको भी खरीद बस।, बस बस बहुत बोल चुके हैं आप मिथिलेश जी औकात क्या है आपकी कुछ भी खरीदने की अपनी आत्मा तक तो बेच चुके हैं आप ये बखलाट साफ बता रही है आपका दिवालियापन दिवालियापन दिवालियापन कितना भी शहर खोल दें आप जैसे लालजी बहुपीय मिथलेश सिंह यह देश ज्ञान और शिक्षा का मूल्य समझता है अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है बारह सौ तो क्या है आप बारह लाख करोड़ भी लगा दें तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा आपके भारत की शिक्षा का भविष्य विकाम नहीं है जीरो का हाथ ना आपने मुझे धन्यवाद उस जीरो का आविष्कार एक महान भारतीय ने ही किया था जिसका पावर आप समझ ही नहीं पाए जो भी जीरो के साथ टकराता है वो स्वयं जीरो हो जाता है खत्म हो जाता है आप और आपके नीच और स्वार्थी मालिकों का खेल अब खत्म हो चुका है